मैं वीरेंद्र सिंह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा डार्क वेब डार्क वेब के बारे में आज बात करेंगे कि डार्क वेब क्या होती है उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे आधुनिक दुनिया में अगर कहा जाए तो इंटरनेट का विस्तार भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जाति के लिए क्योंकि इंटरनेट आज की दुनिया का सबसे ज़रूरी चीज़ बन चुकी है हमारी दैनिक क्रियाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है आजकल इंटरनेट का यूज़ कई चीज़ों में किया जाता है कई तरीके के कामों में किया जाता है जैसे वीडियो ब्राउजिंग करना न्यूज़ पढ़ना गेम्स खेलना बैंकिंग करना और कम्युनिकेशन करना या कोई भी डाटा है, है या किसी तरीके का हमें कुछ शेयरिंग करनी है तो वो भी हम करते हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम इंटरनेट पर जो भी चीज़ें सर्च करते हैं वो पूरे इंटरनेट का चार परसेंट हिस्सा है बाकी का 96 परसेंट भाग आम लोगों की पहुँच से बाहर होता है जिससे एक आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता इंटरनेट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है सरफेज बैप डी बैप और डार्क बैब सबसे पहले आती है सर्फेस वेब सर्फेस वेब वो वेब होती है जिसे हम नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करते हैं जैसे कि किसी सर्च इंजन से हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं उससे और कोई भी डाटा लेते हैं किस तरीके की जानकारी लेते हैं जो डे टू डे हम यूज़ करते हैं क्रोम ब्राउज़र पर किसी भी अपना एक नॉर्मल ब्राउजर से सर्च करते हैं वो सर्फेस बैब में आता है और डीप बैप डी बैब एक ऐसी बैप होती है जो कि इसका डाटा जो होता है कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है इसका सारा डाटा एक इंक्रिप्टिड फॉर्म में होता है जो जिसमें कि ऐसा डाटा होता है कि अगर ये डाटा किसी के हाथ लग जाए तो वो बनाशकारी हो सकता है जैसे कि उसमें लगभग ऐसी डाटा जो देश की सुरक्षा से संबंधित डाटा होता है और देश की कई सुरक्षा और रक्षा एवं वित्तीय संबंधी जानकारियां होती हैं ऐसा डाटा होता है मतलब बहुत ही मतलब डीप डाटा होता है बहुत ही प्राइवेट डाटा होता है जो देश की सुरक्षा या प्राइवेट सेक्टर के बंदों का फाइनेंशियल जानकारियाँ और सरकारी जितनी भी आ, एक्टिविटी होती हैं सब इसी में होती हैं इस पर जितना भी डाटा होता है उसे बहुत ही सिक्योर करके रखा जाता है और जिसे बिना परमिशन के आप एक्सेस नहीं कर सकते इन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए पहले जो बंदा वेबसाइट को एक्सेस करता है उसे अपनी पहचान का सत्यापन देना पड़ता है इंटरनेट का तीसरा और सबसे लास्ट भाग जो है वो है डार्क बैग जो कि सबसे खतरनाक एरिया होता है जो इंटरनेट का सबसे खतरनाक एरिया जो है डार्क बैग होता है ये इंटरनेट की वो दुनिया है जिस पर पहुंचने के लिए या कोई भी सजेस्ट नहीं करता कि इस पे जाना चाहिए ये सबसे खतरनाक वेब बैग होती है डार्क बैग इस पर कोई भी मैं तो पर्सनली सबको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी इन वेबसाइटों को एक्सेस ना करे अगर एक्सेस करता भी है तो लीगल काम ली के लिए एक्सेस करे इलीगल काम के लिए एक्सेस ना करे। इंटरनेट पर होने वाली सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो है वो एक इलीगल ट्रांजेक्शन थी आपको बेहद ही सोचने वाली बात है कि ऐसी जो सबसे पहली इंटरनेट पर ट्रांजेक्शन हुई थी वो एक इलीगल ट्रांजेक्शन थी सबसे पहले इंटरनेट पर एक इलीगल ड्रग को इंटरनेट पर भेजा गया था डार्क वेब जो था ये इंटरनेट के शुरुआती जितने भी दिन थे शुरुआत में जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ हुआ था तभी डार्क वेब अपने आप हाँ में एक खतरनाक वेबसाइट मतलब बन चुकी थी आज डार्क वेब का इस्तेमाल ऐसे ऐसे खतरनाक कामों में किया जा रहा है जिसके बारे में सोचना भी आप बहुत गलत गलत काम होते हैं इस पे। पर डार्क वेब पर ऐसी थी ऐसी चीज़ें बिकती हैं जैसे कि हथियार हैं इलीगल ड्रग हैं ये बिकते हैं जैसे कि हम अपनी सर्विस वेपर फ्लिपकार्ट या अमेजोन या ईवे जैसी वेबसाइट से या ई कॉमर्स साइट से हम कुछ भी मंगाते हैं मनजाई चीज़ मंगा लेते हैं इसी तरीके की वेबसाइट डार्क वेब पर मिलती हैं और यही नहीं डार्क वेब पर ऐसी ऐसी चीज़ें बिकती हैं ऐसे ऐसे मतलब जानवर हैं जिनकी दिए जो ब्लुप्टिकार पर हैं अपने भारत में या बर्ड में जहाँ भी हैं जो भी ऐसे ऐसे जानवर हैं शेर वगैरह हैं, या हाथी हैं या कोई भी अपना एनिमल है जो लुफ्त की कहार पर है उनके भी पार्ट वगैरह बेचे जाते हैं इसके अलावा यहाँ पर फोनोग्राफी क्रेडिट कार्ड और लोगों की बैंक डिटेल मानव तस्करी का व्यापार भी किया जाता है डार्क व्यापार कर काम कर रहे अपराधी मा इंसानों के इंसानों के अंग और उनका मांस भी बेचते हैं इस खाली दुनिया में बर्वरता की हर हद को पार किया जाता है इसलिए मैं सभी से भैया सजेस्ट करूँगा कि इन वेबसाइट को या डार्क वेब पर कोई भी वेबसाइट को एक्सेस ना करें पढ़ना आप बहुत सी परेशानियों में पास सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर हैकर भी होते हैं जो आपका डाटा चुरा सकते हैं डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट भी पड़ी हैं जिन पर मार्स आदमी जो होते हैं मानव की मार्क से भी डिशेज बनाई जाती हैं खाना बनाया जाता है और उनका शो किया जाता वीडियो बनाई जाती हैं और फिर वो अपलोड की जाती हैं आजकल डार्क पेपर रेड रूम्स का चलन बहुत बढ़ रहा है रेड रूम क्या होते हैं रेड रूम एक ऐसे रूम मतलब ऐसी वीडियो लाइव होती हैं उसपे जिसमें कि कोई भी बंदा है या किसी बंदे को पकड़ कर उसे ऐसा टॉर्चर किया जाता है और जिसे वो गिडनेप करते हैं उसे तरह तरह का टॉर्चर करती हैं और उसे लाइव दिखाया जाता है हिडन कैमरों के जरिए उस रेड रूम में बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं हर एंगल पर एक कैमरा होता है जिस कैमरे के थ्रू आपको ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से उस बंदे को टॉर्चर किया जाता है उसके अंग काटे जाते हैं और बहुत सी यातनाएं दी जाती हैं सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप चाहें तो पैसे देकर उसमें उस तरीके की उसे किसी भी तरीके की यातनाएं दिलवा सकते हैं और आप अपनी मन मुताबिक उसका कुछ भी कोई भी अंग कटवा सकते हैं डाक वेब पर जितना भी लेन होता है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर होता है क्रिप्टोकरेंसी पर इसलिए होता है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी अनडिटेक्टेबल होती है जो कि किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर इसे मतलब हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं ना सरकार ट्रैक कर सकती है जैसे आप सरफेस पेपर आप तो चिकन या अंडे या कुछ भी खरीदते हैं किसी भी वेबसाइट से या किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट से कुछ भी खरीदते हैं इसी तरीके से डार्क पेपर इंसानों के ऑर्गन खरीदे जाते हैं जैसे कि किडनी हार्ट लीवर ये इस तरीके के ऑर्गन खरीदे जाते हैं इन्हें खरीदने के लिए और बेचने के लिए क्रिमिनल जो होते हैं डार्क वेब पर उन्होंने अलग अलग पोर्टल बना रखे हैं ये सब सरकार की नज़रों के सामने होता है और सरकार पुलिस वगैरह सब के नीचे होता है पर इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता इन पोर्टलों को कैसे एक्सेस करना है वो सिर्फ उन्हें ही पता होता है जो इन पोर्टलों से जुड़े होते हैं आपने सुना होगा ज़्यादातर कभी कभी कोई बंदा ऐसे बंदे गायब हो जाते हैं जो कभी भी नहीं मिल पाते तो इसके पीछे भी डार्क वेब के क्रिमिनल जो होते हैं वो छुपे होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि डार्क वेब कैसे चलाया जाता है कैसे एक्सेस किया जाता है तो इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ कि डार्क डार्क वैब एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र बनाया गया है जिसका नाम है टॉर तो सबसे पहले इसका नाम था द ऑनियन ब्राउज़र जो कि मिलिट्री के लिए बनाया गया था यूएस मिलिट्री ने बनाया था इसलिए बनाया था क्योंकि मिलिट्री की प्राइवेसी को प्राइवेट रखने के लिए कि कहीं भी हमारी जानकारी लीक ना हो और प्राइवेट रहे डार्क वेब को एक्सेस करना बिल्कुल ही गैरकानूनी है कानूनी है, है इसे एक्सेस ना करें मेरा मकसद बस इतना है कि आपको मैं इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ अब मैं ऑनलाइन ब्राउज़र के बारे में बताता हूँ ऑनलिन ब्राउज़र एक ऐसी ऐसा ब्राउज़र होता है कि ये इस चीज़ के लिए बनाया गया था कि हम अपनी बिना जानकारी अपनी आइडेंटिटी दिए बिना हम ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च करें जो कि, कि किसी को पता ना चले ऑनलाइन ब्राउजर एक ऐसा ब्राउज़र होता है जो कि आ, राउटर इतने राउटर जुड़े हुए होते हैं इतने बी होते हैं पी, है, -पी का जाल होता है इसलिए इस पर किसी की प्राइवेसी या किसी की आ, किसी भी बंदे को ट्रैक करना बहुत भारी बहुत भारी काम होता है जब हम कोई इंफॉर्मेशन टॉल तो ब्राउज़र पर मांगते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन एक ब्राउजर से एक बी से नट कर बहुत से बी से बी से गुजरती हुई जाती है फिर एक हमारी लास्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचती है जिस डेस्टिनेशन पर हमें डाटा मंगाना होता है इसलिए इसे ट्रैक करना आसान नहीं होता उस पर टोल पे, पे गूगल खोलते हैं तो गूगल से हम कोई डाटा कोई इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी कमांड जो जाएगी पहले ए बी पर जाएगी फिर बी पर जाएगी फिर सी पर जाएगी इसी तरीके से सबसे बाद में जेट पर जाएगी जेट से जाने के बाद गूगल पर पहुंचेगी गूगल उस जानकारी को भेजेगा अपनी तरफ से फिर वो उस जानकारी को जेड पर भेजेगा जेड से जानकारी मिलेगी बाईक की फिर बाइक को मिलेगी और बी की तो जैसे बी लास्ट बी में डेस्टिनेशन जो हमारी है वहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ तक हमारा आईपी नंबर किसी को मतलब आईपी जो हमारी नंबर होता है वो किसी को पता नहीं चलेगा मेरा कहने का मतलब है कि आपकी रियल आई आ, मतलब कटैक्ट नहीं हो पाएगा जैसे हम सरफेज वेब पर डॉट का यूज़ करते हैं वैसे ही ओनियन ब्राउज़र पर डॉट ओनियन का यूज़ होता है वहाँ पर वेबसाइट एक इंक्रिप्टिड फॉर्म में होती हैं ना कि जैसे कि अमेजोन अमेजोन को हम सर्च करेंगे तो अमेजोन करते हैं पर उस पर ऐसा नहीं होता है उस पर एक एड वाइज जैड करके कुछ कोडिंग टाइप की होगी फिर डॉट ओनियन लिखा होगा ये ओनियन ये ओनियन वेबसाइट ओनली टॉर पर ही एक्स की जा सकती है ना कि अदर ब्राउजर पर सिर्फ टॉर के लिए ये बनाई गई हैं जहाँ जो इन वेबसाइटों के वॉस्ट पेज होते हैं वो भी एक होते हैं और उन्हें भी हम ट्रैक नहीं कर सकते और जो वेबसाइट होती हैं ये भी किसी की जानकारी नहीं होती है कौन है कौन नहीं है किसी की कोई जानकारी नहीं होती है इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमें जिनकी वेबसाइट को प्रैक्टिस करने से बचना चाहिए इसके वॉस्ट का भी नहीं पता और किसी चीज़ नहीं पता तो हम उसे अपना डाटा वगैरह भी दे सकते हैं और हमारा डाटा भी वो चुरा सकता है और हमें और परेशानियों में भी डाल सकता है इसलिए मैं आपको पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि इन वेबसाइटों को एक्सेस ना करें अगर आप इन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आप भी हैक हो सकते हैं क्योंकि जब हम किसी भी वेबसाइट ऑनलाइन वेबसाइट से अपना कुछ डाटा मंगाते हैं या उसे अपना एक कनेक्शन साबित करते हैं तो एक ऐप का कनेक्शन बन जाता है और भी कोई भी फायर नहीं होती है वायरवॉल इसलिए नहीं होती है क्योंकि तो ये तबियत बेहतर नहीं होती वायरव सफेद बेहतर ही होती है। और इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए बंदा आपके सिस्टम को हैक कर सकता है इसलिए मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मेन वेबसाइट को प्रैक्टिस ना करे क्योंकि आप इनका शिकार हो सकती हैं ये डार्क बैग बहुत ही खाली दुनिया है और बहुत ही खतरनाक है इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो से अपनी ज्ञान जी मिला के और कुछ चीज़ों मैं कहना चाहूँगा कुछ चीज़ों को एक्टिव करना भी नहीं चाहिए बल्कि हमें ज्ञान होना चाहिए बस इतना ही करके तो करते